नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव हम है सिंगर राजू राजा यादव स्वागत अपन यूट्यूब चैनल भोजपुरी या बिहारी ब्लॉग में आज के ब्लॉग में दोस्त हमने के जानल जी की स्टूडेंट लाइफ कैसन होला और कैसे लोग सर्वाइव करला तो आज अपन ये टॉपिक पर वीडियो बढ़ुएँ और ब्लॉग में पूरा बनल रही दोस्तों और देखी कि कैसे एक स्टूडेंट लाइफ में लोग स्ट्रगल करला और का, -का होला चल देखल जाओ सबसे पहले सफाई से शुरुआत और खाना पर अंत बाद बहुत भी कुछ तो ने वीडियो तीडियो कर बनल रही चैनल पर देख बने सब कुछ अपन फ्रेश हो गई क्लीन हो गई तो अब सबसे पहले खाए के व्यवस्था लगावल जाओ कैसे कि भूख तला भाई तू तो बोलुए अंडा भात पहले अंडा के उबाले खाती दे दी कूकर में ताकि समय कम लागो जल्दी से जल्दी बनो गैस के भी खपत कम हो और टाइम भी बचो चलिए देखा जाए कूकर में देखा अंडा में आलू दूगो दे दिए तो रस तनिक गढ़ा हो गो आलू दिए साथ में उबाले दे दिए ताकि उबल जाए बढ़िया से दू में दे देते चार अंडा दे दे देते नहीं ताकि ताकि खाती अपन हो, जाओ। दे दे अपन हो जाए। ये देखिए चार चार अंडा आलू देख चारोटी सब्जी तो दे के बोईल कर गैस कोनो ना? ना, अभी ना रही तो भरल त बहुत दिक्कत हत्या तो ऐसे चेक करना गा। टन तंथन काम कर लगा दिया यी यी हो 5 ये बोला ये खराब होगी वारियर वाली तो अगर रखल गई वाली गैस भरा है तो उधर में लगा दिया अपन सेफ्टी रहेला गैस लीक ना करला गैस चालू होगी लापन तो इनका क्या चढ़ा दिया हल्का नमक दे दिया हो ताकि सीज़न में आसान रहे अंडा ये देखिए इतना नमक दिया है ताकि सीढ़ी हमारे अंडा उस में दो टाइम सजाओ ताकि गैस बर्बाद ना हो फुल गैस फैस वैसे थोड़ा कम कर दिल चलिए अब तक देखा जा दूसरा काम बहुत काम हुए मुँह धो लिया फिर कुछ नाश्ता कर लिया तब आगे काम कर जुगाड़ गई साथ जुगाड़ गई अभी भी बहुत कुछ भी रेडी हो गया अभी एक सीटी चलिए देख लीजिए सब कुछ खिला भी गया सब कुछ रेडी भी हो गया इधर गैस भी चढ़ा हुआ है इसमें थोड़ा धनिया जो अपने बाग से लाए हैं तोड़ के उसको पहले काट के डाल देते हैं ये रहा धनिया है टेस्टी रहता है आप भी अपने घर में उगा सकते हैं अपना पीछे थोड़ा सा जगह है धनिया दिए हैं दिखाएंगे है। तो कोई काट दिया जाए प्याज को काट दिया जाए ऐसे काट देने से थोड़ा रस अंदर तक जाता है तो खाने में अच्छा जाता है चलिए हो गया पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया इधर चावल भी आई थिंक हो गया है अब चावल को भी बंद करेंगे और लोहिया चढ़ाएंगे सब्जी बनेगा आप सब्जी बनने के लिए लोहिया चढ़ाएंगे एक सीटी लगवा देते हैं फुल वॉल्यूम में करके गैस को इसको निकाल देते हैं 100 परसेंट हो गया होगा चलिए इसको कर देते हैं राशन खरीदना बहुत जरूरी है क्योंकि तेल भी आज लास्ट है तेल आज खत्म हो गया है इसलिए सबसे पहले अंडा फ्राई कर लेंगे हम लोग थोड़ा गर्म होने देंगे अंडा को तो तेल को तब डालेंगे अंडा अब अंडा डाल देते हैं तेल गरम हो गया है थोड़ा सा उसमें हल्दी डालेंगे ताकि कलर आ जाए अंडा में देखिए एकदम इतना सा डालेंगे स्मूथ कलर आने के लिए अंडा के और जितना लाल चाहिए अंडा उतना ये कर सकते हैं फ्राई कर सकते हैं जितना लाल चाहिए उतना अंडा आप लाल कर लेंगे अपना स्वाद अनुसार आपको हल्का कचरस खाने में अच्छा लगता है तो हल्का कचरस निकालेंगे अगर लाल खाना अच्छा लगता है तो लाल निकालेंगे हम ज़्यादा लाल नहीं करेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा लाल अच्छा नहीं लगता है ये देखिए कलर भी एकदम एक नंबर टेस्टी हो गया ये देखिए अब इसमें अब इसमें हम प्याज प्याज डाल देंगे भूल मटर और सबसे तो पहले आलू डालेंगे ताकि आलू में भी थोड़ा तेल हो जाए आलू को मीस के डालेंगे ताकि ग्रेवी में लाइटिंग आए थोड़ा गाढ़ा ग्रेवी लगे मटर और जो भी कटिंग किए हैं जैसे कि धनिया वगैरह सब तो इसमें डाल देंगे और एक बार चला देंगे अला ऐड करेंगे मसाला मैं अपने पास मिक्स मसाला है जो ये ऐड कर रहे हैं और ये ये थोड़ा सा स्वाद अनुसार गर्म मसाला और ये रहा अपना हल्दी पाउडर जो कलर लाएगा चलिए इसको पैक करते हैं इसमें डालते हैं नमक स्वाद अनुसार जिसका जो स्वाद है वो डालें कुछ डालेंगे ये, हम एक चम्मच पूरा डालेंगे अब इसमें ऐड कर देते हैं हम अंडा को थोड़ा देर कुछ सेकंड के लिए भुनने देते हैं देखिए इसमें पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी का वार खो तो जलने लगा है सबसे पहले इसको धो के डाल दिए देख लीजिए इस तरह से आप खाली इसको खदका देंगे खदने देते हैं इसको तब तक नहाने का प्रोग्राम किया जाता है चलिए मिलते हैं ये देखिए अपना अंडा कड़ी बन रेडी हो गया चलिए अब इसको बंद करते हैं और नहाते हैं फिर खाते हैं खाके बताएंगे कैसा स्वाद है सबसे पहले आप लोग को खिलाएंगे इसके बाद में खाऊँगा चलिए पूरा वीडियो देख कर जाने के लिए धन्यवाद कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग ताकि इसी तरह सा बहुत सारा वीडियो मिलते रहे धन्यवाद